हेलो माय नेम निमीज पंटोज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न मैथ इन विलेज आज हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ दिस और डाइट दिस और डाइट का किस प्रकार से यूज होता है वो हम बताने वाले हैं तो नो वेस्ट टाइम लेट स्टार्ट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर करें और नो वेस्ट टाइम लेट स्टार्ट बेस्ट ये है दिस This, this मिस होता है या और इसका यूज जो है ना सिंगलर मतलब सिंगलर जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं इसको एक बच्चन और लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंगलर नाउन या तो सिंगलर भ्र और सेकेंड है दिस के बाद नेक्स्ट है डैट डैट का मतलब भी होता है हुआ इसका भी यूज हम लोग सिंगलर नाउन या सिंगलर भड़व की तरह यूज करते हैं और हिंदी में अगर इसको हम लोग बोलते हैं इसको एक विषय राइट और दिस मीन्स होता है निकटतम कोई भी वस्तु अगर नज़दीक में है तो हम उसको दिस डिस का प्रयोग करते हैं और डाइट से दूर की वस्तुओं को अगर कोई भी दूर में चीज़ें हैं तो हम उसको डैट से उसका डैट उस व का मतलब डैट से उसका यूज होता है और इ, इस, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दिस का मतलब ये और डाइट का मतलब हुआ और इसका इसमें अब दिस के साथ कौन सा एक्ट भरबर भर यूज होगा वो भी आगे यहाँ पर हम बता रहे हैं ये है कि दिस के साथ इसका प्रयोग होता है और डाइट के साथ भी इसका ही प्रयोग होता है अब सेंटेंस में इसको कैसे इसका यूज किया जाता है आपको यहाँ पे सेंटेंस में हम बताने वाले हैं तो इसका सबसे सिंप एक छोटा सा मतलब एग्जांपल है मतलब कि ये एग्जांपल हम बताने वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही किसी चीज़ को हमको समझनी चाहिए कि मतलब कि इसका यूज कैसे किया जाता है तो यह एक लड़का है देखिए यह एक लड़का है यह यह मतलब कि ये नज़दीक नज़दीक का कोई भी चीज़ है तो कहते हैं कि यह यहाँ पे दिस और दिस के साथ अभी हम बताएँ आपको इसका प्रयोग होता है दिस इज आ और लड़का का बुआ बोलने के बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए सबसे प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग ये चीज़ जानते हैं और इसी वजह से हम उसको मतलब कि बोलना नहीं चाहते जैसे हम अगर आपको बोलें कि इंग्लिश का सबसे बड़ा कोई भी जैसे ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश नहीं जानते हम लोग इंग्लिस जानते हैं पर हम लोगों को जैसे हम कहते हैं ना पानी पानी मतलब कि हमको पता है कि हम अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं वाटर हमको माइंड में है कि इंग्लिश में हम वाटर बोलते हैं लेकिन हम लाइफ में उसको कभी बोलेंगे नहीं तो हमको लगता है कि हम इंग्लिश सीख जाएंगे कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको जो है ना बोलने का है भी डल होगा ताकि कहते नहीं कमिंग कहते स्पीकिंग स्पीकिंग कम टू स्पीक कहते स्पीकिंग कम टू स्पीकिंग बोलने से ही बोलने के लिए आता है स्पीकिंग कम टू स्पीकिंग स्पीकिंग कम टू स्पीकिंग बोलने से ही बोलने के लिए आता है तो बोलने के हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए जो भी सेंटेंस बोलते हैं जो भी चीज जानते हैं उसको इंग्लिश में बोला कीजिए जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है यह एक अंडा है तो यह एक अंडा है इसको यहाँ पे अगर इसका ट्रांसलेशन करें कि दिस इज दिस इज अब यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा अब एंड का प्रयोग क्यों करेंगे यहाँ पर एक जो है ना इ डबल इ जी एक मतलब होता अंडा, है अंगडा ये देखिए वाउल है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भावेल भावेल नहीं ई ए ई आई ओ यू एक बाउल है वाउल वाउल के पहले यहां पर अगर इस स्टार्टिंग हो रहा है ये नाउन तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे राइट नेक्स्ट है ये एक कुत्ता है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस और इज अ डॉग, अब डॉग क्या है डॉग एक नाउन है इज एक क्या है एक, एक नाउन है बॉय क्या है बॉय एक नाउन है जैसे नेक्स्ट ये मोहन है दिस इज मोहन बोलेंगे दिस इज मोहन दिस इज मोहन अब मोहन नहीं बोलेंगे दिस इज मोहन कह की एक मोहन नहीं होते बहुत सारे मोहन है दिस इज मोहन यह मोहन है राइट नेक्स्ट सेंटेंस है यह राम है दिस इज राम दिस इज राम दिस इज राम राम और इसी में अगर हम ये बताएं कि आर का उच्चारण जो है आर नहीं बोलते आर आर दिस इज राम दिस इज राम यह लड़की है देखिए यह लड़की है तो यहाँ पे हम इसको करेंगे दिस इज दिस इज गर्ल दिस इज अ गर्ल गर्ल जी आई आर एल राइट गर्ल दिस इज अ गर्ल यह लड़का है दिस इज ए बॉय राइट दिस इज अय हम कह रहे सर आप repeat बोलने के साथ साथ repeat भी करते जाए right? Next यह एक बच्चा है यह एक बच्चा है तो यहाँ पे use करेंगे This is a child, C H I L D, right? यह अब यहाँ पे यह बच्चा है This is This is a child, right? This is child. अब यह व कलम है देखिए व मतलब दूर में कोई भी चीज व कलम है देखिये आप बोलने की बोलने से ही हम लोग को लगता है कि वो कोई भी वस्तु जो है ना वो दूर में है तो हम कहते हैं वह कलम है तो यहाँ पे वह कम यूज करेंगे अंग्रेजी में डैट और डैट के साथ यूज होता is that is that is a आ पैन डैट इज अ पैन पेन नहीं पैन पैन पी इन पैन डेट इज पैन व पानी है डेट इज इज वाटर डैट इज वाटर अब यहाँ पे वाटर डैट इज वाटर अब वाटर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाटर को हम लोग नाप ना नापतौल ना का चीजें है नापतौल मतलब इसको जो जो भी चीजें नाप तोल किया जाता है उसमें आ का प्रयोग मतलब कि वहां पर जो है ना आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह वह विद्यालय है तो हम यहाँ से यूज करेंगे डेट इज डेट इज स्कूल आई स्कूल नहीं डेट इज डेट इज स्कूल डैट इज एस सी एच डबल ओ एल राइट That डेट इज स्कूल डैट इज अ स्कूल व एक नहीं व विद्यालय है डैट इज ए स्कूल राइट व लड़का है डैट इज ए बोय व लड़का है यहाँ पर देखिये वह है इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे that, that is a boy, right? Next sentence है यह कलम नहीं है देखिए ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर हम इसको समझेंगे अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये सेंटेंस जो है ने किस प्रकार ये बनाया जाएगा तो यहाँ पर हमको अंडरस्टैंडिंग करना है और माइंड को कंसेंट्रेट रखना है बनाने के तब हम बार बार रिपीट करने से बोलने की जब हम ट्रांसलेशन करें जब भी हम लोग मतलब कि ट्रांसलेशन करें कोई भी चीज़ अगर हम मैथ बनाते हैं ट्रांसलेशन बनाते हैं कुछ भी करते हैं ना सर बोलने का हैबिट डालना चाहिए बोल बोल कर ही हम लोगों को राइटिंग करना चाहिए तो यू आर गुड स्पीकिंग आपका जो बोलने का जो है हैबिट आपका बढ़ेगा क्योंकि टंग पर जब तक नहीं आएगा तो सर माइंड में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन टंग पर नहीं आएगा तो हमको कोई को, को हम पर्जन्ट, नहीं दे सकते हैं ना तो यहां पे हम कहेंगे कि यह यह कलम कलम नहीं कलम नहीं है देखिए यह यह यह कलम पर देखिए कि जो है ना किसके साथ लगा है कलम के साथ इसलिए यहां पे हम यूज करेंगे कलम। तो दीशीज, दीशीज दीशीज बोलेंगे दिस पेन राइट right, यहाँ पर अगर ये के साथ अगर यहाँ पर किस यहाँ पर देखिए दिस और कलम और नई भी है डबल यहाँ पे नाउन है तो इस पर यहाँ पर जो हम बोलेंगे पहले इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे दिस पेन इज न्यू दिस पेन इज न्यू मतलब यह कलम नई है दिस पेन इज न्यू ऐसा नहीं कि हम इसको ट्रांसलेशन कर देंगे दिस इज न्यू पेन तो फिर सर रॉन्ग ये इट इज़ द रोंग सन्टेंस ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे इसलिए इट्स स हो जाएगा इट इज रॉन्ग सेंटेंस तो यहां पे यूज करेंगे दिस पेन इज न्यू नेक्स्ट है वह कुत्ता खतरनाक है वह कुत्ता तो यहाँ पे बोलेंगे डेट राइट डेट डॉग डैट डॉग इज डेंजरस डी एन जी ई आर आर D E N E R O U S E, right? Dangerous. व आदमी पागल है देखिए व आदमी पागल है व आदमी पागल है तो यहाँ पे दोनों एक साथ हम यूज करेंगे व आदमी को तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको That man, man नहीं बोलेंगे That man is mad. M A D या तो आप बोल सकते हैं क्रेजी स्टॉपेट डेट मैन इज स्टोप एट डेट मैन इज क्रेजी राइट डेट मैन इज स्टॉपेट डेट इज डेट मैन इज मैड डेट मैन इज क्रेजी डैट मैन इज नेट सबका सेम मीनिंग होता है पागल राइट वह मक्खन है तो यहाँ पे यूज देखिए वह मक्खन है यहाँ पर एक नाउन दे रखा है वह मक्खन है तो यहाँ पे बोलेंगे डैट इज बटर B U डबल T E R अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें थैंक यू हैव नाइस डे सी यू ने